हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल Round to Learn पे तो दोस्तों चल रहे थे एक्सेल की सीरीज़ की तरफ एक्सेल के एपिसोड्स की तरफ वीडियोस की तरफ तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं आज हम बात करेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मेरा आ, ये कुछ एंट्रीज़ हैं तो इन एंट्रीज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ पे एक मिनट मैं अपना फ़ोटो हटा देता हूँ कैमरा तो यहाँ पे आपको ज़ूम का आइकन मिल जाता है तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से हंड्रेड परसेंट इसका ओरिजिनल साइज़ होता है इस वजह से मैंने इसको बड़ा किया है इस तरीके से ठीक है तो आपका एक्चुअल साइज़ जो है वो इतना ही होगा इससे ज़्यादा नहीं होगा तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इतना छोटा दिख रहा वो एक्चुअल साइज़ ही यही होता है आप बड़ा करना होगा तो अभी फॉन्ट साइज फॉन्ट जो ग्रुप के बारे में बताएँगे उसमें आप बड़ा या छोटा हिसाब से कर सकते हैं तो फिलहाल हम जूम करेंगे क्योंकि आप लोग को दिखाना भी है तो देखते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा ये शुब लिखा हुआ है या मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ चलिए अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ to learn तो ये चैनल का नाम अभी ये कुछ फिट नहीं हाँ फिट तो है ये मेरा पूरी तरीके से फिट है तो हमें डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं और यहाँ से मान लीजिए हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं मतलब ये स्टाइल इसके बदलना चाहते हैं तो देखिए मेरी स्टाइल बदल रही लेकिन ये सेल के बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत नहीं वो तो हम जानते हैं ये डबल क्लिक करके हम फिट कर सकते हैं इस तरीके से आप सारे इसके फॉन्ट बहुत सारे फॉन्ट्स हैं तो कुछ डाउनलोडेड हैं कुछ नहीं हैं आप जो है आपके में बहुत से ऐसे मिलेंगे डाउनलोडेड ही होते हैं पहले से ही तो आप क्लिक जैसे ही करेंगे वो बदलते चले जाएँगे इस तरीके से आपको मिल जाएगा और उसके मतलब मान लीजिए मैंने ये कर लिया अभी फिट नहीं आ रहा तो हम डबल क्लिक करेंगे वही प्लस आइकन पे जा कर e के यहाँ पे डी और ई के कॉलम के बीच में हमारा ये पड़ रहा तो वहीं पे बीच में जा कर के माउस का लेफ्ट बटन जो है डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा फिट हो गया साइज में अब इसको मान लीजिए हमें छोटा या बड़ा करना है इस टेक्स्ट को तो डिफॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये 11 पे सेलेक्ट होता है उसके बाद आप कितना भी बड़ा इसको कर सकते हैं ये देखिए बहुत बड़ा हो गया लेकिन ये एक्चुअल साइज मैंने बताया कि नहीं है एक्चुअल साइज अपना ये है 100 परसेंट ये नीचे आप देख रहे हैं 100 परसेंट है वहीं पे एक्चुअल साइज है कैमरे को हम अपने फिर से ऊपर लाते हैं और ये हमारा जिस ये अब हम इसको फिर से जूम कर लेते हैं क्योंकि हमें आप लोगों को बताना है तो जूम करते हैं जी तो ये अपना जो है पूरी तरीके से इसमें फिट आ गया उसको साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये 26 है मैं फोटी नहीं रखता हूँ और फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन दूसरा जो आता है ये मान लीजिए आप वहाँ से नहीं करना चाहते हैं इस ऑप्शन से अगर आप नहीं करना चाहते हैं आप यहाँ से भी ये ए पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीज फॉन्ट आप कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप और घटा भी सकते हैं तो ये हमारे जो ए लिखा हुआ है ये इंक्रीज में एक जो बड़ा दिख रहा है वो हमारा इनक्रीज़ करेगा फॉन्ट को फॉन्ट के साइज़ को और ये डिक्रीज़ करेगा मतलब घटाएगा फिर तो उसके बाद हमारा ये बोल्ड आ बी बी से बोल्ड का मतलब मोटा करना अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं इस टेक्स्ट को तो आप कर सकते हैं बाकी ये तो ऑलरेडी टेक्स्ट हमारा पहले से ही बोल्ड है तो पहले हम इसको कम में कर लेते हैं मान लीजिए हमने ये कर लिया अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको बोल्ड करना चाहते हैं मतलब थोड़ा बोल्ड लाइन में आ जाए तो बी क्लिक करें बी पे क्लिक करेंगे और ये देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया थोड़ा विजिबल हो गया ज़्यादा दिखने लगा तो ये आप तो तो जैसे एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर टॉप पे, पे तो तो तो आप लिख सकते हैं किस चीज़ की एंट्री है उसको बोल्ड में कर सकते हैं जिससे आपको पता चले इसी तरीके से हमें इसको बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड कर सकते हैं और इसको बोल्ड करना है तो उसको भी बोल्ड कर सकते हैं बड़ी आसान तरीका है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इटैलिक का तो आप उसको इस टेक्स्ट को थोड़ा सा त्रिछा कर सकते हैं किसी किसी एंट्री में हमें ये करना पड़ता है थोड़ा यूनिक बनाने के लिए उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है अंडरलाइन अंडरलाइन से आपको तो समझ में आ जाएगा उसके लाइन नीचे आ जाएगी हर टेक्स्ट के तो यह मान लीजिए ये हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ गई इसके नीचे हमें लाइन लेना है तो उसके नीचे एक लाइन हमारी आ गई और इसके इसमें एक और ऑप्शन आता है डबल अंडरलाइन तो डबल अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन आ जाएंगे नीचे लेकिन जनरली हमारी सिंगल ही लाइन रहती है डबल लाइन भी आप कर सकते हैं फिर उसके बाद मान लीजिए हम कुछ यहाँ पर चीज़ें लिख लेते हैं मान लीजिए ये लिख लिया ये हमारा हो गया अब अगला ऑप्शन हमारा आता है ये आ, तो हम इसको पहले इसमें टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा जितना भी होगा आपका टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है आप राइट क्लिक करेंगे माउस का और आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा या आप इस टेक्स्ट को शिफ्ट प्लस जो एरो आपको जो सेलेक्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं अपर करना है तो अपर में यूँ कर सकते हैं वो शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस अपर एरो या राइट एरो जिधर आपको सिलेक्ट करना है उस तरीके से आप सिलेक्ट कर है सकते हैं तो पहले तो इसका अंडरलाइन हटा लें वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या हुआ है तो ये हमारा अंडरलाइन हट गया अब इसको मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम गए बॉटम बॉर्डर लगा दिया तो बॉर्डर का क्या काम करता है कि आप उसको बॉर्डर लगा सकते हैं किसी एंट्री को सेपरेट करने के लिए आप बॉर्डर लगा सकते हैं और तो ये नीचे मेरा बॉर्डर लग गया इसी तरीके से हम बॉर्डर को टॉप पे लगाना चाहते तो टॉप पर लग गया लेकिन टॉप वाला दिखेगा नहीं वो तो दिक्कत है भाई तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि टॉप वाले में ये सबसे ऊपर लाइन आ गई तो वो नहीं दिखेगा लेकिन लगा हुआ है ये इस तरीके से अब हमें यहाँ पे लगा दिया और अगर यही टेक्स्ट में आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं लेफ्ट में तो आपका लेफ़्ट में लग जाएगा ये देखिए इधर लग गया मेरा और फिर अगर आप उसके बाद सपोज उस करिए आपको राइट में लगाना है तो राइट में तो पूरी तरीके से बॉर्डर में आ गया फिर उसके बाद आप इसको और भी तरीका हैं जैसे मान लीजिए आप इसमें बॉर्डर हटाना चाहते हैं लगाने के बाद या आपको किसी वजह से उसको हटाना पड़ रहा तो नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और आपके सारे बॉर्डर गायब हो जाएंगे। बॉर्डर हम ज़्यादातर जनरली यूज़ करते हैं जब कोई एंट्री करते हैं कोई बिल बनाते हैं तो उसको पूरा सरक, उस पूरा जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में लेने के लिए ऐसा करते हैं उसे विजिबल भी ज़्यादा हो जाता है हर लाइन उसकी अब ये ऑल बॉर्डर करना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ हम लोग कर रहे थे इतनी देर से वो एक ही बार में सारी हो जाएंगी लेकिन वो अपने यूज़ के हिसाब से है फिर उसके बाद आउट्स ये हम नो बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं फिर से आते हैं इस पर क्लिक करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे तो आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा बीच में लाइन में नहीं लगा तो ये भी एक फ़ायदा है ये ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है और थी थिक आउटसाइड बॉर्डर तो इसका भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं थिक थोड़ा सा मोटा सा बॉर्डर हो गया वैसे थोड़ा कम था देखिए इस तरीके से पहले तो नो no बॉर्डर हम कर लेते हैं और फिर हम बॉर्डर लगाते हैं बॉर्डर कर लिया इस बॉर्डर को हम थोड़ा मोटा करना चाहते हैं तो उस पर सेलेक्ट करेंगे और इस बॉर्डर पे थिक आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो आउटसाइड का बॉर्डर ये देखिए मोटा सा हो गया फिर उसके बाद हमारा इसी तरीके से और ऑप्शन हैं इसी तरीके से टॉप बॉर्डर टॉप एंड बॉटम बॉर्डर मतलब ऊपर और नीचे का सिर्फ लगाना आपको बॉर्डर है ये और ये तो वो ऑप्शन आपको दिया गया है टॉप एंड थिक बॉर्डर टॉप का थिक बॉर्डर अगर आपको मोटा चाहिए तो उसको भी आप कर सकते हैं टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसे ये सिलेक्ट किया पहले तो नो no बॉर्डर पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से आप करेंगे तो नीचे वाला ये आपका मोटा बॉर्डर हो गया ऊपर वाला नहीं हुआ मतलब थोड़ा महीन सा हुआ या जो है ज्यादा मोटा नहीं दिख रहा है वो बॉर्डर इसी तरीके से आप बॉर्डर को और भी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि आप लास्ट में ड्रॉ बॉर्डर ड्रा बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप मैन्युअली बॉर्डर लगा सकते हैं जैसे मुझे इधर लगाना है तो इधर लगा दिया इस लाइन पर लगाना है तो इस लाइन पर क्लिक कर दिया इस लाइन पर आपको करना क्या है बस ये अपनी पेंसिल ले जाना है और लेफ्ट एरो पे क्लिक कर देना है और इस तरीके से आप यहां पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से आप हर जगह लगाते हैं चले जाएं ये मैनुअल हो गया आपका फिर हम आते हैं ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड तो ये ये आपका इस तरीके से हो गया कि आप ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड मतलब एक तरफ से आप पहले बॉर्डर लगाए दे रहे हैं इस तरीके से ठीक है फिर इस बॉर्डर इन सारे बॉर्डर को हमें हटाना अब है सिलेक्ट करेंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो सारे बॉर्डर हमारे हट चुके हैं फिर उसके बाद हमारा हमारे पास और ऑप्शन है जैसे कि इरेज बॉर्डर तो पहले तो हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया फिर हमें हटाना बॉर्डर को है तो इरेस पे क्लिक करेंगे या रबर को इरेजर को हम ले जाएंगे जहाँ पे ले जाएंगे वो बॉर्डर हमारे मैन्युअली हट जाएंगे तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है लाइन कलर अगर आपको किसी लाइन को कलर में लेना है किसे बॉर्डर की लाइन को आपको कलर में लेना है तो आप लाइन कलर पर जाइए और जो भी आपको कलर अच्छा लगे सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए ये आपका इस तरीके से भी कलरफुल बॉर्डर मिल सकता है फिर उसके बाद आप लाइन के स्टाइल भी अपनी तरफ से कर सकते हैं कि आपको बॉर्डर की लाइन के स्टाइल जो है बदलनी है तो वो भी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है तो ये जैसे मान लीजिए इस तरीके से टूटी टूटी लाइन होगी तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं मोर ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है तो इस वीडियो में बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे हमें सिर्फ ये जो सुपर स्क्रिप्ट है स्ट्राइक थ्रू सब स्क्रिप्ट इसको जान लेते हैं तो मान लीजिए हमारा मुकेश ये लिखा हुआ है और मुकेश पे जाकर के हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मोर ऑप्शन पे जाते हैं मोर ऑप्शन पे जाने के बाद हमें फॉन्ट पे क्लिक करना है फॉन्ट पे आकर के आपको सुपर स्क्रिप्ट जैसे यहाँ पे करना है तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये चीज़ छोटी हो जाएगी अब तो आप सोचेंगे इसको ऐसे छूटा करने से क्या फ़ायदा तो उसको छोटा करने से फ़ायदा तो कुछ नहीं है लेकिन इसको ज़्यादातर जनरली हम ट्रेडमार्क के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हम यहाँ पे अपने इस चीज़ पे क्लिक करते हैं ये जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सुपर और सबस्क्रिप्ट के बारे में हम जान लेते हैं आप चाहे वो उस जगह से लाइए इस जगह से इसको आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं मोर बॉर्डर पे जा कर के और आप यहां से भी कर सकते हैं तो यहां पे हम जा करके सुपरस्क्रिप्ट को सी जान लेंगे इस तरीके से हमें ट्रेडमार्क लगाना है तो हम वहां पे इस इसका यूज़ कर सकते हैं मान लीजिए हमें टीएम लिखना है तो टीएम को लिखने के लिए हमें यहां पे क्लिक करना पड़ेगा और सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा तो ये देखिए किस तरीके से हमारा ट्रेडमार्क इस तरीके से आपने कई पैकेट पे देखे होंगे किसी प्रोडक्ट के वो इस तरीके से लिख के आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और इसी तरीके से अगर आप इसी चीज़ को नीचे लिखना चाहते हैं तो वो आप नीचे भी कर सकते हैं मतलब जितना आपको करना उसको सिलेक्ट आप करना पड़ेगा मुझे इतना सिलेक्ट करना था तो इस पर हम क्लिक करेंगे और सब्स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की ओर लग जाएगा तो ये हमारे सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट पता चल गए तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ लाइक करें आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू